बोनी आंधी रे नि में मा सैलरी संग बढ़ कोनी दादा आ नि फोन कीती दादा असल नि बोनी नि नाग बारी फोन कीती वेदना रो निवा इनके वांतो ननवा नावा नाटक संग नीक बताल काम जरा देर रा ना कैलू भगवंत रा आ दा वारा फ़ोन की संतोष जल्दी रही आ रह नहीं। जल्दी रही है शिवा भग बनतीरा नि जल्दी आ बार जल्दी आएगा। अर्जेंट हरिद्वार तो गांव तो दरबतार सो पुस्की काटा जेंगू मामू फोन की थी नहीं अर्जेंट वॉरियर बताला तो बता प्रॉब्लम हां मामू बोने बताई जा हवाल मन तो बतान ज्ञान तोन बती उरगिरवाइर बारी के तो बतान तेरे मनन संजपुस्की काटा हो पुस्की करता बताला तो जंग दादा मर गई थी इज गोष्टी बोल पताल सा ये रहा और बस मैं मई की तो नहीं है माइट काल ग्रेनेट का ना गाड़ देना चल क्या खेल पांच चार पता है गैंग पी से आते रे कोनी आमा से लड़न कौन किसड़ का दे रे धीरा नाक मॉडल मिसकाल वाता मल नान फोन रिपेट आते माद प्रवर्तना समस्या वैन पोरा दाक समस्या चूसक माँदी